तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके चैनल पर टिकट स्नैक मौज ऐसी एप्लीकेशन से वीडियो डाउनलोड की गई हैं और मिक्स करके आपके चैनल पर अपलोड की गई हैं दोस्तों अगर वह वीडियो पॉपुलर हैं अगर हम ऐसी वीडियो को अपने चैनल से डिलीट करते हैं तो हमारा वेस्ट टाइम और सब्सक्राइबर घटेंगे या उतने ही रहेंगे आज की इस वीडियो में हम आपको यह सब कुछ लाइव दिखाने वाले हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों हम अपने YouTube स्टूडियो में आ चुके हैं आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जाना है वीडियो वाले ऑप्शन पर तो आपको सभी वीडियो शो हो जाएंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहले मोनीटाइ हम पहले एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में जाते हैं दोस्तों यह है जैकि हम इसे लाइफ टाइम कर लेते हैं यहाँ से तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी पॉपुलर वीडियो है हम दूसरे नंबर की वीडियो देखते हैं शिवानी की नई वीडियो है थमलील है हम इस पर देखते हैं तो इस पर पाँच कुछ व्यूज़ हैं और हम इसे क्लिक करते हैं यह देखिए तो दोस्तों इस अकेली वीडियो से बीस हज़ार घंटे का वाच टाइम कंप्लीट है और 2000 20 सब्सक्राइबर इस अकेले वीडियो से प्राप्त हुए हैं जिस जिस पर कि पाँच लाख उनहत्तर हज़ार व्यूज थे दोस्तों अब हम इसे काट के अब हम इस वीडियो को अपने YouTube चैनल से काट देते हैं दोस्तों पहले हमें बैग आते हैं और अपने पूरे चैनल का वेस्ट टाइम देख लेते हैं यह देखिए दोस्तों इकतालीस हज़ार घंटे का वेस्ट टाइम है और तिहत्तर सब्सक्राइबर है हमारे और इस इस वीडियो पर हमारे 2000 घंटे का वेस्ट टाइम है और 2000 सब्सक्राइबर 20000 घंटे का वेस्ट टाइम है और 2000 सब्सक्राइबर इस अकेले वीडियो प्राप्त हुए हैं तो दोस्तों पहले हम इस वीडियो को काटते हैं हम बैक आते हैं हम इस वीडियो पर क्लिक करके रखते हैं तो दोस्तों यहाँ से ये वीडियो कटनी होगी हम पहले वीडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे अब हम इस वीडियो को यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों दोस्तों इस इस पेज में सिर्फ 30 आएंगे हम नीचे क्लिक करते हैं और 50 वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप पचास वीडियोस होगी दोस्तों यह देखिए दोस्तों अभी वह वीडियो नहीं आई है तो हम इधर से नेक्स्ट पेज कर देते हैं आप देख सकते हैं आपको थोड़ा इधर करना पेज और दोस्तों हम इधर से नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पेज पर करेंगे तो आपकी और वीडियो आ जाएंगी दोस्तों यह देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों ये देखिए हमारी यह वाली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यह देखिए यह वाली वीडियो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाली वीडियो को यह देखिए दोस्तों ये हमने 2 जनवरी को अपलोड की थी अब हम इस यहाँ पर टिक करते हैं और ऊपर जाते हैं यह देखिए मोर एक्शन वाले ऑप्शन पर और यहाँ से डिलीट फॉर करते हैं दोस्तों यह देखिए हम इस पर टिक कर देंगे और यहाँ से डिलीट फॉर कर देंगे तो हमारी वीडियो डिलीट हो रही है दोस्तों इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा वाइस टाइम घटा या नहीं घटा तो दोस्तों वीडियो डिलीट होने में थोड़ा वक्त लग रहा है हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों हमारी वीडियो डिलीट हो चुकी है आपको नीचे दिख रहा होगा लिखा हुआ आपकी वीडियो डिलीट हो चुकी है दोस्तों अब हम इस YouTube स्टूडियो को दोबारा खोलते हैं क्योंकि हमारा YouTube स्टूडियो रिफ़्रेश भी हो जाएगा तो दोस्तों हमने अपना YouTube स्टूडियो दोबारा ओपन कर लिया है आप देख सकते हैं अब हमें एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर जाना है या देखिए हमारा एनालिटिक्स वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है अब हमें ऊपर से लाइफ टाइम सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों हम ऊपर से लाइफ टाइम सिलेक्ट कर लेंगे अब आप देख सकते हैं जो हमारी वीडियो दूसरे नंबर पर आ रही थी पॉपुलर वीडियो वो अभी यहाँ पर नहीं आ रही है क्योंकि हम उसे डिलीट कर चुके हैं और हमारा वाइस टाइम भी देख सकते हैं अभी नहीं घटा है और हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं घटे हैं तो दोस्तों अगर आप अपने चैनल से कोई भी वीडियो डिलीट कर देते हैं जिसपे कि काफ़ी सब्सक्राइबर मिले हैं और अच्छा वाइस टाइम मिला है अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं तो आपका वाइस टाइम और सब्सक्राइबर कम नहीं होंगे दोस्तों क्योंकि हमने आपको लाइव दिखाया कि हमने एक ऐसी वीडियो काटी थी जो काफ़ी पॉपुलर थी दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियो डालते हैं और आप समझते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए